कि मेरी जिंदगी में ना जाने वो दिन कब आएगा कि मेरी जिंदगी में ना जाने वो दिन कब आएगा जब मेरे यारों का काफिला बारात लेकर तेरे घर आएगा सबकी बारा तेरा